नमस्कार दोस्तों बेस्ट रीडर में आपका स्वागत है मैं अमित आज हम चर्चा करने वाले हैं गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के बारे में जो कि इस प्रकार है धृतराष्ट्रवाच धर्म कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रता युयुत्सव मामका पांडव शैव किम कुबत् संजया अर्थात धृतराष्ट्र बोले हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया वृतराष्ट्र सैड संजय गैदर्ड ऑन द सेक्रेड सोल ऑफ कुरुक्षेत्र एगर टू फाइट व्हाट डिड माय चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन ऑफ़ पांडू डू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 कल्याण हो जाए भगवान की ओर से पूरे ब्रह्मांड या इस पूरी सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का भेद या विभाग नहीं किया गया है संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है जिसे कहते हैं शीत जल पावक गगन समीरा पंच तत्व जो हैं सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले परंतु मनुष्य मोह के बसीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है ये विभाग इस प्रकार करता है कि ये मनुष्य ये घर ये गांव ये प्रांत ये देश ये आकाश ये जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष संपूर्ण घृणा पाप दोष उत्पन्न होते हैं महाभारत का युद्ध भी इसी मामका अर्थात मेरे पुत्र और पांडवा अर्थात पांडु के पुत्र इस भेद के कारण ही प्रारंभ हुआ है जय श्री कृष्ण